लोग गाइस तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो आज हम बोरूटो के चैप्टर 68 का रिव्यू करने वाले हैं और आज हम इस ईडा की फुल डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि अम्मा दो ईडा से डर रहा है इट इज समथिंग एल्स और ईडा के साथ साथ हम उन पॉइंट की भी बात करेंगे जो पिछली बार छूट गई थी बट सबसे पहले थैंक यू उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है आपका सपोर्ट ही मुझे अप्रिशिएट करता है कि मैं और वीडियोस बनाऊं। क्योंकि यूट्यूब ने तो आज तक मुझे कुछ दिया ही नहीं है जो दिया है आप लोगों ने दिया है अपना सपोर्ट अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सिर्फ एक वार्निंग है भाई सब्सक्राइब कर दो भाई आज जोड़ रहा रो यार Shut the fuck up. तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के अंदर पहली बात तो मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ईडा विलेज के अंदर घुसाएगी। मुझे लगा ये बैटल खत्म हो चुका है ये आर खत्म हो चुकी है टाटा बाय बाय गुड बाय वर आने के बाद ही मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया यूनो वाटर स्पॉयलर ईडा सीधा को अंदर आती है और डेल्टा ऐसी फाइट करने को तैयार है यूनो तुम्हे पता भी है मेरा माइंड एक मिनट के लिए थोड़ा सुन हो गया था क्योंकि कोड़ ने कहा था कि मेरे पास प्लान है और प्लान पे वर्क करने में टाइम तो लगता ही है लेकिन कोड़ बहुत ज्यादा फास्ट है वेट नहीं करना था भाई yes! यार मानना पड़ेगा किसी मोटो को ऐसे ही नहीं नारूटो सीरीज को सबसे टॉप लेवल पे ले गया अगर नारूटो सीरीज के हिसाब से मैं बात करूं तो किसी मोटो प्लानिंग के हिसाब से चलता है लेकिन यार इस किसी मोटो ने हर किसी को सरप्राइज कर दिया हमेशा की तरह सही में भाई मानना पड़ेगा किसी मोटो किसी मोटो है मांगा की हाइप देख लो तुम बहुत ऊपर जा चुकी है क्यूँकी ईडा अगली बार डेल्टा ऐसी फाइट करने वाली है और ये चीज तो कंफर्म होगा की डेल्टा सीधा अटैक करने वाली है ईडा के ऊपर क्यूँकी वो एक एंड्रॉइड है जैसे ही उसे इंस्ट्रक्शन मिल गए ईडा ऐसी फाइट करने के फिर तो कोई शक ही नहीं है कि डेल्टा ईडा से फाइट करेगी देखो ईडा के लिए मेरी थिंकिंग पलट चुकी है क्योंकि इस वक्त ईडा क्या सोच रही है क्यों कर रही है ये सब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ईडा ने कुछ चैप्टर्स पहले खुद ही कहा था कि मैं कावाकी के सामने विलन नहीं बनने वाली सो बेबी अब आप क्या कर रहे हो आप क्यूँ आये हो आमादों को ले जाने के लिए लगता है ईडा मेरी बातों का बुरा मान गयी क्यूँकी मैंने ईडा को यूजलेस कहा था उठा के बाल्टी मारेगा थोड़ा पानी नहीं मांगेगा देखो सीधी बात है ये फाइट सिर्फ अमादो के लिए चल रही है और मांगा में कोड अपने क्लोमार्क्स के लिए आया था क्योंकि अमादो ही एक ऐसा बंदा है जो उसके क्लोमार्क को सही कर सकता है और उसमें ज्यादा पावर डाल सकता है और डेल्टा के आने के बाद कोड थोड़ा कमजोर सा पड़ गया क्यूँकी कोड पहले ही कावा की एंडबोरूटो ऐसी फाइट करके आया है ये तो ऑबियस सी बात है की कोर्ड थका हुआ होगा क्योंकि कावा के एनबोरूटो से फाइट करने में उसका बहुत सा चाकरा कंज्यूम हुआ होगा इसलिए उसने ईडा को बुलाया और कोड ने ईडा को बुला के ईडा का प्लान भी कर दिया अरे देखो तो कोड ने बुलाया भी कैसे है हाथों में हाथ अपनी बहन ईडा के साथ देखो कोड के फैंस इतना माइंड मत करना देखो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अब ईडा कोड की हेल्प कर रही है दूसरा अगर ईडा डेल्टा से फाइट करती है तो ये फाइट बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है और इस फाइट का पता कावाकी को तो नहीं बोरूटो को आराम से पता लग जाएगा क्योंकि वो प्योर उत्सुकी है देखो कावाकी अभी सिर्फ बेहोश पड़ा हुआ है इसलिए मैं उसकी गारंटी ले नहीं सकता हूँ की उसको इस फाइट के बारे में कुछ पता चल भी पायेगा या पता चल पायेगा इस बार हो सकता है डेल्टा वर्सेज ईडा की फाइट के बीच में पुनः वीर को थोड़े बहुत ट्रबल ऐसी गुजर न पड़ सकता है क्योंकि अब तक कोई भी फाइट हुई हो कैसी भी फाइट हुई हो भले मोमोशिक की बात कर लो या ईशी की रूटो एंड या फिर करंट फाइट की बात कर लो वो सारी फाइट्स विलेज के बाहर ही हुई है बट ये फाइट विलेज के अंदर हो रही है सो अब के बार की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है दूसरी बात यह है की डर क्यूँ रहा है जहाँ तक हमें पता है ईडा के पास एक शनरी है एंड ईडा किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है बस वो एक उत्सुत्सुकी ना और इतनी सी बात के लिए कोई डरेगा नहीं अब जहाँ तक मेरा ख्याल है ईडा ने अपनी फाइटिंग स्टाइल एंड अपनी मेन पावर्स को छुपा के रखा हुआ है जो शायद अगली मांगा में रिवील होगा दूसरा अगर डेल्टा वर्सेस ईडा की फाइट के बीच में अगर कावाकी उठेगा तब तो ईडा के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्यूँकी यार लॉन्डिया कोड के साथ है और कोड कावाकी का एनिमी है सो इस हिसाब ऐसी ईडा भी कावाकी की एनिमी हुई और अब तो शिकमारू को भी पता है और शिकमारू तो छूटते ही बोलेगा Thanks everybody, dober. अगर ईडा की किस्मत अच्छी रही तो कावाकी नहीं उठेगा जब तक विलेज में ईडा है दूसरा सासके के विलेज में आने की वजह से ये चीज कंफर्म सी लग रही है ये आर्क और भी ज्यादा लंबा खींचेगा क्योंकि विलेज में कुछ भी हो साके उस चीज में इंक्लूड होगा ही होगा और सासके के आने से शायद शिकमारू को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा ईडा वर्सेज डेल्टा की फाइट के वजह ऐसी पूरे विलेज में थोड़ा हरकम तो मच जाएगा और ये बात सबसे पहले किसको पता चलेगी नारू एंड सासके को और अगर ये फाइट नहीं भी होती है तो भी इन रूटो को गारंटीड बताएगी कि विलेज में कोड आया हुआ है सो कोड का बच पाना मुश्किल लग रहा है और ये तभी तक है जब तक कोड अपना हुकुम का इक्का नहीं निकाल देता और अगर कोड ने ऐसा किया तो सबकी फटके चार हो जाएगी और मैं बात कर रहा हूँ डायमोन की क्योंकि डायमोन के ऊपर अगर अमरता रासू का भी यूज किया गया तो तुम्हें पता है रिजल्ट क्या निकलने वाला देखो इस मांगा के अंदर अभी नारुतो एंड सासके दोनों के दोनों ही शायद कावाकी से नाराज है देखो सासके जैसे ही विलेज में आया शिकमारू को सारी की सारी बातें बताई जो भी उसे पता थी कोड के हाइडआउट के बारे में जिसमे सासके बताता है जीगन के अंडर वो प्लेस था जहां पर साईबॉग बनाए जाते थे और वो प्लेस वहाँ आरोप है जहाँ पर बहुत सारी स्नो गिरती है देखो ये तो थी वो इन्फॉर्मेशन जो मैंने कवर नहीं की थी अपनी समरी वीडियो के अंदर यहाँ पर शिकमारू बोरो वशिष कावा की, की फाइट के बारे में सासके को बताता है और शिकमारो ये भी बताता है कावाकी ने नारूटो को प्रोटेक्ट करने के लिए बो रूटो को मारा और यहाँ पर शायद सासके को अपने भाई की अदाई होगी ये चीज हुई नहीं हुई मुझे पता नहीं है मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ लेकिन उसके फेस के हिसाब से देखा जाए तो वो कावाकी से खुश नहीं है दूसरा जब नारूटो हॉस्पिटल में होता है तो नारूटो बोलता है कि जब की जब कावाकी उठेगा तो मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है सो नारूटो तो बुरी तरह ऐसी कावाकी पे भड़केगा लेकिन क्या कावाकी समझेगा की वो क्यूँ ऐसा कर रहे कहीं कावा की ऐसा ना सोच ले कि मैंने तो नाना दाई मई की जान बचाई है फिर भी नाना दाई में मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं और इन सब के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि मामला उल्टा पड़ जाए और कावा की नारूटो को ही गलत समझने लग जाए इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मैं 50 परसेंट मान सकता हूं क्योंकि ये एक फैक्ट है की कावा की का असली बेटा नहीं है इसलिए देखो हम आम जिंदगी की बात करते हैं क्यूँकी किसी ऐसा राइटर है जो ये सोच के चलता है की एक सिंपल लाइफ में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो चीज किसी मोटो ध्यान में रख के अपनी स्टोरी को बिल्ड करता है और अगर कावाकी की बात की जाए तो उसकी लाइफ कोई सिंपल नहीं थी देखो उसे एक तरह से सर्वेंट बनाया गया इशिकी ने उसे टॉर्चर किया और फिर नारुतो ने अपने साथ रखा एक फैमिली दी और एक तरह से कहे कावाकी ने कुछ महीनों बाद उसी फैमिली मेंबर के एक मेंबर को मार डाला भले वो मरा नहीं लेकिन फिर भी फैमिली के हेड का इतना तो हक बनता है कि वो उसे डांट सके लेकिन क्या कावाकी इस चीज को समझेगा नारूटो के एंगर को समझेगा ये अब तुम बताओगे मैं नहीं बताने वाला नारूटो के एंगर के बाद कावाकी का क्या रिएक्शन होने वाला है ये अब तुम बताओ कमेंट्स में लिख के जिसका कमेंट ज्यादा बढ़िया रहा मैं उसकी थियोरी अपनी वीडियो में डाल दूंगा और तुम्हें पता ही होगा मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूँ और इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे बढ़िया ऐसी और उसका कंक्लूजन भी निकालेंगे सो so, आज के लिए बस इतना ही गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में